हैं छोटे बच्चे नन्हे बच्चे पढ़ने जाएंगे पढ़ने से हम कभी नहीं जी चुराएंगे पढ़ने से हम कभी नहीं जी चुराए सिखाते हैं।, हैं छोटे बच्चे नन्हे बच्चे पढ़ने जाएंगे पढ़ने से हम कभी नहीं जी चुराएंगे पढ़ने से हम कभी छोटे बच्चे नन्हे बच्चे पढ़ने जाएंगे पढ़ने से हम कभी नहीं जी कभी नहीं जी चुराएंगे पढ़ने से हम कभी नहीं जी चुराएंगे पढ़ने से हम कभी